se dilo ye gar kahin se sid pe so ta hai gehra koi hai mushkil bada hai tum pyar hai kis yaar hai tujhe zara